जब पैसे खर्च ही नहीं करने हैं तो फिर कमाए क्यों? और ऐसे अमेरिका क्या फायदा नमस्कार दोस्तों रीडर्स बुक्स में आपका फिर से स्वागत है ये सवाल हम सभी के मन में आ सकता है इस बात पर कियोसाकी कहते हैं कि ये सिर्फ सोच का अंतर है जो आदमी अमीर होता है वो भी ये चीज खरीदता है वो विलासता की चीजें खरीदता है लेकिन सबसे बाद में पहले वो देखता है की क्या करने से उसे फायदा हो सकता है और किस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है वहीं उल्टा जो मिडिल क्लास या गरीब आदमी है वो थोड़ा सा भी पैसा आने पर भी वो सबसे पहले अपना शौक़ पूरा करता है घर हीरे ज्वेलरी गाड़ियाँ कुछ भी खरीद लेता है अमीर आदमियों के पास ये सब होता है बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो उधार के दलदल में नहीं फंसते वो लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है लंबे समय से अमीर हैं वो अपनी अर्निंग वाले कालम को सबसे पहले बनाते हैं उसे सिक्योर करते हैं उसके बाद उनके एसर्ट्स वाले कालम से जो आमदनी होती है जो इनकम होती है उससे वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं इंजॉय करते हैं गरीब और मिडिल क्लास आदमी अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर ये चीजें खरीदता है लोन लेता है सच्ची लग्जूरियस संपत्ति में निवेश करने में और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन देती है उसे बढ़ावा देती है रॉबर्ट टिक्योसा इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जब उनकी वाइफ उनके पास उनके अपार्टमेंट से अतिरिक्त पैसा आने लगा रेंट या कुछ भी तब वो बाजार गए और उन्होंने अपने लिए एक महंगी गाड़ी खरीदी इसमें जरा सी भी मेहनत नहीं लगी या जोखिम नहीं था क्योंकि वो पैसा अपनी सेविंग से नहीं बल्कि अपार्टमेंट हाउस के इनकम से खरीदा था पर इसके लिए उन्होंने चार साल तक इंतजार किया पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहे और जब रियल इस्टेट प्रोटोफोलियो बढ़ा तो आखिरकार उन्हें इतना पैसा दे गया कि एक महंगी कार खरीदी जा सके ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या कोई और चीज खरीद लाते हैं हो सकता है वो अपनी जिंदगी से उग चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो पर कर्ज पर ऐसी चीज खरीदने से देर सवेर हो आदमी उस चीज से छिलने लगता है उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है उसको उसमें मजा नहीं आता क्योंकि उस चीज को खरीदने के लिए जो कर्ज लिया गया है वो उस आदमी के सर पे भार बन जाता है अगर एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी भी घुमा सकते हैं जो अमीरों का सबसे बड़ा राज है ये राज अमीरों को भीड़ से अलग रखता है या यूँ कहे कि भीड़ से आगे रखता है जो अपने काम से काम रखते हैं अपने काम में फोकस्ड रहते हैं और ये उन्हीं को मिलता है जो अपने काम में पूरा मन लगाते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं वो लोग अमीर बन जाते हैं तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में तब तक के लिए धन्यवाद